आज हम वीगन मेयोनीज बना रहे हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ ब्लेंडर जार में हम 100 से 150 ग्राम भिगोए हुए काजू डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी एक बड़ा चम्मच बारीक पिसा हुआ येलो मस्टर्ड एक छोटा चम्मच नींबू का रस एक छोटा चम्मच नमक एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक छोटा कप पानी और एक छोटा चम्मच हल्दी का डालकर इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे अब आपकी मेयोनीज हो गई तैयार चलिए अब इसी को इस्तेमाल करते हुए और फ्लेवर्स बनाते हैं जैसे कि मिंट मेयोनीज। उसके लिए हम कुछ साफ पत्ते मिंट के लेंगे और कुछ धनिया के फिर हम डालेंगे एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक एक बड़ा चम्मच पानी का डालकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर ब्लेंड कर लेंगे और ये हो गई आपकी मिंट यानी पुदीना मेयोनी तैयार अब हम बना रहे हैं स्पाइसी चिली मेोनीज जो आपके बर्गर सैंडविचेस या और किसी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगेगी पहले बनाई हुई मेनीस में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स का कुछ लसन की तुरियां और एक बड़ा चम्मच केचप का इन सब इनग्रीडियंट्स को एक बारी ब्लेंड कर लेंगे और ये हो गई आपकी चिली मे तैयार अब आपने देखा कि घर पे मेनिस बनाना कितना आसान है और बाजार में मिलने वाले मेनीस के मुकाबले ये कितनी हेल्थी भी है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा